है टाइगर दिमाग ऐसी पैसा आला रे यो, आला रे रही तर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर बोलो कितने तीतर देखेंगे तो खुशी से झटका खा जाएंगे। hey! Hey! भाई कभी इस है? आज भी है टूटा हुआ मैं, खुद से ही नाराज सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है हीरो मरने के बाद स्वर्ग जाता है और विलन जीते जी स्वर्ग पाता है <laughs> दम नहीं है खोखला हो गया तू तूों में डर है <laughs> सुनो ना बोलो आई लव यू शक्ल देखी है मुझे तुमसे प्यार है तुम्हारी शक्ल से नहीं Baby, बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या प्रपोज नहीं किया किसी को और आंखों में देख के तो बिल्कुल बात नहीं कर सकता एक बार आँख में देख के बोलो ना भाई भाई तेरे एक सारी है क्यों जली ना <laughs> बिना मेरे क्या जिंदगी गुजार लोगे तुम इश्कू बुखार नहीं जो इस दवा से उतार लोगे तुम चल बे साइड में सरक पास तो सिर्फ तेरी यादें हैं मेरे पास तो सिर्फ तेरी यादें हैं टेंशन उसे मुबारक जिसके पास तू है सरदार खान नाम है हमारा बता दीजिएगा सबको क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती किस पर था मैं? हाँ। भाई, आज पे कोई शायरी हो जाए क्या सुन भाई चमचम चम करती चांदनी टिम करते तारे दस के साथ घूम कर आती है बोलती है बाबू हम सिर्फ तुम्हारे निकलने से मारना बस आज का जश्न मनाता हर लम्हे को खुल के जीता था वो कहाँ से आया था एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यू पुराना गजब हो Show me what you got now. Come and make it worth my while. Give it to me. अगर मैं मर गया तो तू क्या करेगा भाई तू मर गया ना तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड को भी मार दूंगा क्यों भाई तेरे को काम आएगी ना यार प्यारी भाई आज बेवफा पे कोई शायरी हो जाए क्या सुन भाई चमचम -चम करती चांदनी टिम टिम करते तारे दस के साथ घूम कर आती है बोलती है बाबू हम सिर्फ तुम्हारे चल निकल मेरी जिंदगी ऐसी गले तो दोस्तों को लगाया जाता है तुम तो दुश्मनी के काबिल भी नहीं हमें क्या गले लगाओगे जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है <गणाग>